हाँ तो गैज़ ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका गेम प्ले कुछ इस तरह से होगा 100% परसेंट के साथ में 100% परसेंट श्योर कह सकता हूँ कि आपका गेम बिल्कुल स्मूथ और अच्छी सीम पी सी से ज़्यादा अच्छा और स्मूथ चलेगा अगर आपके पास प्लेक् लो एंड पीसी है ना तो उसमें भी इतना अच्छा गेम ये नहीं चलता जितना आपके मोबाइल फ़ोन में चलेगा तो वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कंट्रोल्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना स्मूथली गेम रन हो रहा है इसका नेटवर्क की मेरे नेटवर्क जो है वो थोड़े से वीक है इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन 100 परसेंट के साथ मैं आपको कहता हूँ जब आप इसे ट्राई करेंगे तो 100 परसेंट फोर डिस्प्ले में भी चल जाएगा नायात ही आसानी से तो वीडियो को पूरा देखें अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं तो क्या ये वो ऐप है जिसकी मदद से आप ये वाली गेम बहुत ही आसानी के साथ रन कर सकते हैं इसमें आपको गेम की लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा है इसमें गेम है, है ना इतनी ज़्यादा कि आपका दिमाग जो है ना वो घबरा जाएगा कि भाई कौन सी गेम में पहले खेलूँ तो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके इसके में आपकी जो स्टीम क्या वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं ये रेड डेड टू उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी के ऑल वरियन हैं अपेक्स लेजेंड भी है और सबकी जो फेवरेट गेम है टेकन सेवन वो भी इसमें बहुत ही स्मूथ और आसानी के साथ चल जाती है राइस उसके बाद जी टी की कलेक्शन है इसमें और भी इसमें इतनी अच्छी अच्छी गेम्स हैं जो मतलब है आपको हर गेम जो है ना इस ऐप में देखने को मिल जाएगी और इसमें एक अच्छी बात यह है आपको इसको प्ले करने के लिए आपको इसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे ये GTA 5 4 भी आप इसमें खेल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और इसमें आप ये जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ ना अगर आप ये वाला तरीका यूज़ करें तो आपको डेली के डेली के गोल्ड्स मिलेंगे और एनर्जी का ये जो नया फीचर्स में आया वो भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा ये देखना अभी इस पर आप फ्री एड्स का फीचर है आप इसको क्लिक करेंगे तो एक से दो सेकंड का एड चलेगा और उसके बाद आपको अनलिमिटेड कोइन मिलेंगे इसमें बहुत ज़्यादा टास्क हैं वीकली हैं टास्क वो भी होते हैं यहाँ पर आप किसी लाइव भी देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप डबल अगर आपको एक और एड देखते हैं तो आपको डबल भी कोइन मिलेंगे इसमें इसके बाद इसके ऐप में और इतने ज़्यादा फीचर हैं कि अगर आप डेली इसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें भी आपको कोइन मिलेंगे आप देख सकते हैं गैस इससे अच्छी ऐप मुझे नहीं मुझे नहीं मिली इससे अच्छी ऐप कोई भी प्ले स्टोर में ये बहुत ही कमाल की ऐप है गैस इसमें आपको सारी गेम देखने को मिल जाएगी फीस गेम सारी आपको मिल जाएंगी फ्री आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये वो गेम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं अभी आप इसको मैं बताता हूँ कैसे खेलेंगे ये इसमें दो है ऑनलाइन भी आप खेल सकते हैं और ऑफलाइन भी आप खेल सकते हैं विद फ्रेंड्स के साथ भी आप खेल सकते हैं अभी आप जब प्ले के बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये क्यू एक आएगी ये नॉर्मल क्यू है फास्ट क्यू है और वीआईपी क्यू है अभी मेरी फास्ट क्यू है देखो सिर्फ एक मिनट एक मिनट के अंदर अंदर जो है ना मेरी गेम प्ले हो जाएगी